प्यारे अभ्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो प्यारे अभ्यार्थियों इस वीडियो में हम आपको राजस्थान जीके से संबंधित 15 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो कि VSTC एग्ज़ाम और दोस्तों राजस्थान की कई अन्य एग्जामों में लगभग हर बार पूछे गए हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को आपका पहला प्रश्न है राजस्थान में कैला देवी का मंदिर किस जिले में है राजस्थान में कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है ऑप्शन सवाई माधोपुर में करौली में अलवर में या दोस्तों भरतपुर में तो बताना है आपको कि कैला देवी का मंदिर है जो किस जिले में स्थित है तो प्यारे भैर दो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करौली में कैला देवी का मंदिर स्थित है याद रखना दोस्तों इसको दूसरा प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है राजस्थान में क्या अरब किस स्थान पर बडली माता का मंदिर है जो स्थित है ऑप्शन आमिर अकोला बिलाड़ा या बेशनोक तो जल्दी उत्तर में कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकोला जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है अकोला में बडली माता का मंदिर स्थित है याद रखना इसको तीसरा प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर किस और किस नदी के किनारे पर स्थित है राजस्थान में जो दोस्तों किस स्थान पर आप किस स्थान पर और किस नदी के किनारे पर जो बडली माता का मंदिर है वो स्थित है बताना है आपको ऑप्शन लूनी नदी चंबल नदी बेड़छ नदी और सुखड़ी नदी तो प्यारे भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो बडली माता का मंदिर है वो दोस्तों बेड़च नदी बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है ठीक है ना दोस्तों चौथा प्रश्न है विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर राजस्थान में स्थित है विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध दोस्तों जो करनी माता है उसका मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है बताना है आपको ऑप्शन आमेर जयपुर में देशनोक बीकानेर में रेवा सीकर में या विलाडा जोधपुर में तो प्यारे ब्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देशनोक बीकानेर में चूहों की देवी कर्णी माता का मंदिर स्थित है ठीक है ना दोस्तों पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी देवी करणी माता है निम्न से दोस्तों किस राजवंश की कुलदेवी देवी करणी माता है ऑप्शन चौहान वंश की अरमार वंश की राठौड़ वंश की या दोस्तों कछ्वा वंश की तो बताना है आपको कि किस राजवंश की कुलदेवी देवी करणी माता है तो प्यारे अभ्यर्थ्य तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो राठौड़ वंश है उसकी कुल करणी माता है याद रखना दोस्तों इसको छठा प्रश्न है राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में है जो राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी है उसका भव्य मंदिर किस जिले में है ऑप्शन भीलवाड़ा में अजमेर में राजसमंद में, में या चित्तौड़गढ़ में तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर स्थित है सातवां प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं दिलवाड़ा मंदिर में प्यारे धरती कितने प्रांगण बने हुए हैं ऑप्शन छ नौ पाँच या सात तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें पांच प्रांगण बने हुए हैं याद रखना इसको आठवां प्रश्न है राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह बड़ेर भी कहा जाता है राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है ऑप्शन लटियाला माता के मंदिर को आई माता के मंदिर को आजमा देवी के मंदिर को या चीख माता के मंदिर को तो प्यारे बहुत का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आई माता का मंदिर है उसको उसको दरगाह या बड़ेर भी कहा जाता है नवा प्रश्न है राजस्थान में शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में प्यारे अभ्यर्थियों जो शिला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है ऑप्शन चाकसू रामगढ़ आमेर या चोमू में तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथी इसका तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर में स्थित है याद रखना दोस्तों इसको दसवां प्रश्न है राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में दोस्तों कौन सी माता प्रसिद्ध है ऑप्शन जीन माता शीतला माता आजमा देवी या छीख माता तो दोस्तों बताना है आपको कि चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध माता कौन सी है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो शीतला माता है वह राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में जानी जाती है शीतला माता ऑप्शन बी दोस्तों इस इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्यारहवा प्रश्न है राजस्थान में शीतला माता का मंदिर किस स्थान पर है राजस्थान में शीतला माता का जो मंदिर है वो साथियों किस स्थान पर है ऑप्शन देशनोक आमेर चाकसू या फलौदी तो प्यार अभ्यर्थ्य इसका सय्य हो जाएगा ऑप्शन सी चाकसू में दोस्तों जो शीतला माता का मंदिर है वो स्थित है याद रखना दोस्तों इसको राजस्थान बाद में प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है राजस्थान की दोस्तों ऐसी कौन सी देवी है जो खंडित रूप में भी पूजी जाती है ऑप्शन जीन माता शीतला माता शकर माता या लटियाला माता तो प्यार भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतला माता को खंडित रूप में पूजा जाता है दोस्तों जो शीतला माता है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पूजा खंडित होने के बावजूद भी की जाती है ठीक है ना दोस्तों तेरवा प्रश्न है राजस्थान में छीख माता का मंदिर किस जिले में स्थित है राजस्थान में प्यारे अभ्यर्थियों जो छीख माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है ऑप्शन टोंक ज़िले में कोटा जिले में जयपुर जिले में या सीकर ज़िले में तो जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो प्यारे अभ्यर्थ्य इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो छीक माता है उसका मंदिर जयपुर जिले में स्थित है ठीक है ना दोस्तों याद रखना इसको चौथा प्रश्न है साकम्बरी साकम्बरी माता का मंदिर स्थित है ऑप्शन पारोली, डूंगला, ड्भर या गोगुंदा में एक बार फिर से पढ़ते हैं साथियों प्रश्न को साकंबरी माता का मंदिर स्थित है ऑप्शन पारोली, डूंगला सांभर या गोगुंदा तो पहले बेरोका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो सांभर सांभर है उसमें दोस्तों साकंबरी माता का मंदिर स्थित है सांभर जिले में तो साथियों आपका अंतिम और पंद्रहवा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है जो दोस्तों राजस्थान के किस ज़िले में है बताना है आपको ऑप्शन उदयपुर में झुंझुनू में पाली में झालावाड़ में एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों सवाल को विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है उदयपुर में झुंझुनू में पाली में या झालावाड़ में तो दोस्तों जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों यदि आपको पता हो तो प्यारे प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झुंझुनू में विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है जो दोस्तों झुंझुनू जिला है उसमें विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर स्थित है याद रखना दोस्तों इस प्रश्न को तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि दोस्तों जब भी हम राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी वी वीडियो छोड़ें तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक अमेज, अमेजिंग एवं मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद